प्यारे स्वजनों और सुहृदय नमस्कार आप सभी का स्वागत है भाग्य विश्लेषण के इस कार्यक्रम में मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे लखनऊ से आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 23 मई 2019 को जो हमारे देश की दो मुख्य पार्टियां हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इसमें किस पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है ज्योतिषीय गण क्या कह रही हैं कौन सा दल लार्जेस्ट

दल बनकर के उभर करके सामने आएगा किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी क्या होगा तो दर्शकों देखिए सबसे पहली बात आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे अपील करना चाहेंगे

सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल नहीं बोलेंगे लाइक के लिए नहीं बोलेंगे देखिए आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है मेरे प्रिय दर्शकों अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी से गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सभी दर्शक अपने अमूल्य मताधिकार का प्रयोग करिए और इस महापर्व को उल्लास के रूप में लीजिए क्योंकि दर्शकों मैं एक ज्योतिषी हूँ

और ज्योतिषी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है निष्पक्ष रहना राग और द्वेष से रहित तो इसी सूत्र के आधार पर आज मैं ज्योतिर्विदाशीष पांडे लखनऊ से आप सभी दर्शकों के समक्ष भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जन्म कुंडली के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि, कि किस पार्टी की सरकार बन रही है कौन सी सरकार सत्ता में आ रही है तो दर्शकों देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली है आप सभी हमारे जो दर्शक लोग हैं

वो लोग नोट कर लीजिए क्योंकि आप सभी लोग जो है शोध भी करते हैं आप लोग भी जो है कुंडली वगैरह ये देखते होंगे तो आपके बहुत हेल्प आएगी आपके काम आएगी इनका जो मतलब पार्टी का गठन हुआ था 6 अप्रैल 1980 और प्रातः ग्यारह बजकर चालीस मिनट स्थान नई दिल्ली इस परिपेक्ष में कुंडली हमने तैयार की है आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये जो कुंडली है ये कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है

और वृश्चिक राशि है यहाँ पर चंद्रमा नीच के हो गए हैं और जो मिथुन लग्न है दर्शकों मिथुन लग्न के बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है मानसागरी में लिखा भी है कि जो मिथुनोदयो सजातो मानी स्वजन्य वल्लभ त्यागी भोगी धनी कामी दीर्घ सूत्रो अरिमर्दक अर्थात जो भी जातक मिथुन लग्न में उत्पन्न होते हैं वो बड़े मान सम्मान वाले होते हैं अपने जनों के प्रिय होते हैं

उनके अंदर त्याग की भावना होती है गुड़ी होते हैं संस्कार वाले होते हैं भोगी होते हैं कामुकता उनके अंदर अधिक होती है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं यदि आप उनके ऊपर एक पत्थर चलाएंगे, तो वो उसको वापस रख लेंगे और आपके खिलाफ ही प्रयोग करेंगे तो देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी है और बुद्ध इस पर अधिक मतलब अगर प्रभाव क्षेत्र की बात करें

तो बुद्ध का प्रभाव क्षेत्र बहुत ज्यादा है इनके स्पोक्स पर्सन वगैरह देखिए वेल है। एजुकेटेड हैं हैं काफी है, काफी अच्छे वक्ता अच्छा बोलते हैं तो दर्शकों मिथुन लगने की कुंडली है और जो लग्नेश बुद्ध बनते हैं बुद्ध यहां से भाग्य के घर में बैठे हुए हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए केतु के साथ जड़ दोष बना रहे हैं दर्शकों भाग्य के घर में बैठा हुआ बुद्ध इस पार्टी को

इतनी जल्दी सफलता दी है और तमाम लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उतरी यहाँ तक कि 2014 में पूर्ण बहुमत के दम पर अपने दम पर इन्होंने जो है ए, क्या कहते हैं संसद में प्रधानमंत्री पद को माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी सुशोभित हुए इसी पार्टी के कारण हुए तमाम दर्शकों के मन में अच्छा प्रश्न ये होगा कि आप नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण कर नहीं रहे बीजेपी की कुंडली से भला क्या होगा तो दर्शकों बताना चाहेंगे देखिए कि किस पार्टी के सिंबल पर कौन सा प्रत्याशी लड़ रहा है

हमने मोदी जी की भी कुंडली का एनालिसिस किया था डेढ़ वर्ष पूर्व किए थे हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है आप लोग जाकर के देख लीजिए समय रहेगा तो फिर से एक बार कर देंगे और अभी जो हम कुंडली जो का विश्लेषण कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की कुंडली है और इस पार्टी के कारण देखिए पार्टियों उभर के आती है ना ऐसा तो होगा नहीं कि टी में मीडिया में यही चलेगा भाई कि बीजेपी जीती या बीजेपी हारी या कांग्रेस जीती या कांग्रेस हारी ठीक है

और दर्शकों देखिए आगे बढ़े एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से करना चाहेंगे कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हाथ जोड़ करके गुजारी से आप सभी दर्शकों से कि स्वस्थ शब्दों का चयन करिएगा प्रयोग में लाइएगा अपने घर के संस्कारों को यहाँ पर आप लोग जो है अच्छे से दिखाइएगा किसी भी प्रकार की अनिति भाषा का और असभ्य भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि दर्शकों मैं निष्पक्ष होकर के गणना कर रहा हूँ और

कुंडली के माध्यम से महादशा अंतरदशा के माध्यम से योगनी दशा के माध्यम से फिर चाहे वो लग्न कुंडली हो वो भावचलित कुंडली हो वो जो है दशांश चार्ट डिटेन चार्ट हो इन सभी के माध्यम से दर्शकों हम आपको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि तेईस मई को कौन सा दल सप्ताह में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग समझिएगा सीखिएगा जो भी अल्प हमें हैं अल्प ज्ञानी में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो आप अपना समय कीमती दे रहे हैं तो ध्यान से हमारी बात सुनिएगा तो दर्शकों

मिथुन लग्न की कुंडली और लग्नेश से यहाँ पर भाग्य के घर में देखिए चले गए हैं दूसरा चंद्रमा यहाँ पर नीच के हैं देखिए यहाँ पर जहाँ आठ नंबर लिखा हुआ है चंद्रमा है चंद्रमा छठे में जाकर के नीच के हो गए हैं सूर्य और चंद्रमा को त्रिक भावों के दोष नहीं लगते हैं त्रिक भाव क्या होता है तो छः आठ बारह इनको दोष नहीं पड़ता है दूसरा ये नीच के हैं लेकिन जो मंगलदेव बैठे हुए हैं सेनापति सूर्य के घर में बैठे हुए हैं यहाँ अंगारक दोष भी मंगल राहू का बन रहा है

थर्ड हाउस का जो राहु होता है चाहे कोई भी राशि उदित हो इतना याद कर लीजिएगा कि जो थर्ड हाउस होता है ये आपके पराक्रम का होता है तो कभी भी ये पराक्रम से पीछे नहीं हटने देगा चाहे किसी प्रकार का मूवमेंट हो चाहे जिस प्रकार का आंदोलन रहा हो बीजेपी हर चीज में बढ़ करके देखिए रहती है और दूसरा मंगल बैठ गया दो उग्र ग्रह यहाँ पर बैठ गए हैं तो यहाँ पर पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं और मंगल को भी प्राप्त है मंगल अपने से चौथे और आठवीं दृष्टि दे रहा है तो मंगल अपनी चौथी दृष्टि से

नीच भंग कर रहा है चंद्रमा नीच का था नीच यहां पर इनका नीच भंग हो गया और एक प्रकार का राजयोग होता है नीच भंग राजयोग तो यहां पर नीच भंग राजयोग बन गया आप लोग स्क्रीन पर देखिए दूसरा दर्शकों बताना चाहेंगे कुंडली में एक चीज और देख लीजिए दर्शकों टेंथ हाउस में बैठा हुआ सूर्य देखिये यहाँ पर जो सूर्यदेव बैठे हुए हैं ये मीन राशि में बैठे हुए हैं और पराक्रम के घर में जूपिटर बैठे हुए हैं किसके घर में सूर्य के घर में सूर्य ग्रहों के राजा हैं

एक बहुत सुंदर राजयोग का यहाँ पर निर्माण होता है स्थान परिवर्तन नामक राजयोग और सूर्य और गुरु एक दूसरे से जो है स्थान परिवर्तन करके बैठे हुए हैं दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे कभी कभी हमारे जो है विवर हमारे दर्शक पूछते हैं कि सर जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा यदि जो है

बुद्ध के घर में चला गया है मिथुन में चला गया कन्या में चला गया है और बुद्ध जो है कर्क राशि में आए हैं तो यहाँ पर तो बुद्ध बड़ा बुरा फल देंगे चंद्रमा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं देंगे दर्शकों स्थान ये जो मतलब ग्रहों का स्थान परिवर्तन होता है वो आपके घर में जाएंगे आप उनके घर में जा रहे हैं एक बात हमारी एक प्रश्न का उत्तर सीधे से दीजिएगा कि यदि यदि हम आपके घर में चले गए आप हमारे घर में चले आए हैं और हम आपके घर की एक खिड़की तोड़ देंगे तो आप क्या करोगे

आप तो हमारे घर के दो, दो चार दरवाजे भी तोड़ दोगे ना तो ये स्थिति यहाँ पर नहीं होती है तो स्थान परिवर्तन नामक राज्योग दर्शकों बना हुआ है दूसरी एक बहुत प्लस पॉइंट यहाँ पर बताना चाहते हैं आप भावचलित कुंडली दर्शकों आप लोग देखिए भावचलित कुंडली में भी भावचलित कुंडली आप देख पा रहे हैं भावचलित कुंडली में मंगल राहू और गुरु ये आ गए हैं आप सेकेंड हाउस में

और सेकंड हाउस में यहाँ पर जब गुरु आ गया है कुंडली के माध्यम से भी देखिए हो, हो गया तो अब इसमें होगा क्या तो भाई साहब फिर से नीचभंग राजयोग एक प्रकार से बन गया गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं पांच अंश पर ठीक और मंगल यहाँ पर नीच के होते हैं तो यहां पर

जुपिटर ने मंगल का नीच भंग कर दिया भावचलित कुंडली के माध्यम से बता रहे हैं दूसरा दर्शकों चार्ट देखिए, कर्म का चार्ट देखिए, कर्म के चार्ट में दर्शकों पर देखिए हो रही है मीन राशि उदित ठीक मीन राशि उदित हो रही है और मीन राशि के जो स्वामी होते हैं ये होते हैं जुपीटर ठीक देखिएगा शुक्र और गुरु का इसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है शुक्र गुरु में शत्रुता रहती है

शुक्र गुरु के घर में उच्च के हो गए शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं लग्न में ही उच्च के हो गए दूसरा दर्शक हो जुपीटर यहाँ पर तुला राशि में चले गए तो क्या जुपिटर यहाँ पर खराब फल देंगे बिल्कुल भी खराब फल नहीं देंगे बिल्कुल भी नहीं देंगे क्यों नहीं देंगे हमने बताया ना कि अगर जो है जुपीटर

शुक्र के घर की एक खिड़की तोड़ेगा तो शुक्र जुपिटर के घर के दो चार दरवाजे तोड़ देगा तो यहां पर भी एक प्रकार का स्थान परिवर्तन नामक राजयोग बन गया ये डीटेन चार्ट के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कर्म के माध्यम से क्योंकि तो यह जो चुनाव है ये कर्म है यहां पर प्रत्याशी अपना कर्म करते हैं तीसरी बात पर आते हैं दर्शकों आज आपके लिए बहुत कुछ हम लेकर के आए हैं इस कुंडली में इस कुंडली में तीन ग्रह बहुत ही योग कारक पहला है शनि

दूसरा है बुद्ध और तीसरा है शुक्र ट्वेल्थ स्थान पर लग्न कुंडली में आप लोग देखें ट्वेल्थ स्थान पर बैठा शुक्र बीजेपी की जो धाक है ये वरन अपने देश में तो है ही है लेकिन विदेशों में भी धाक है वर्ल्ड की हम लोग जो है मतलब फास्टेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं अभी हम लोगों ने जो है हमारे वैज्ञानिकों ने सेटेलाइट का जो सफल परीक्षण किया था अंतरिक्ष में ही मार गिराया था वर्ल्ड में चौथे नंबर पर जो है हम लोग आ गए इसके लिए भी देखिए आप सभी दर्शकों को बधाइया

तो दर्शकों ट्वेल्थ हाउस का शुक्र भी बीजेपी को बहुत फेमस करा दिया पूरे वर्ल्ड में इस पार्टी का नाम है दर्शकों इस कुंडली में जैमिनी पद्धति में जाइए जो ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री के होते हैं वो आत्मकारक होते हैं यहाँ पर शनि देखिए आप लोग अपनी जो है मतलब स्क्रीन पर देख लीजिए शनि यहाँ पर अट्ठाइस डिग्री के हैं सब इसको आत्मकारक श्रेणी में बोलते हैं तो शनि यहाँ पर आत्मकारक ग्रह हुए हैं

कई चीज़ें हम देख रहे हैं देखिए नेगेटिव चीज़ें भी बहुत हैं पॉजिटिव बहुत हैं हम पॉजिटिव चीज़ों की को आपको गिनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर हम आपको तेईस मई पर ले जाएंगे दर्शकों लग्न में शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है तो जो पंचम भाव कुंडली का होता है पंचम घर होता है पंचम घर आपके होता है बुद्धि का आपके होता है विवेक का आपके होता है विद्या का आपके होता है एजुकेशन का क्या ज्ञान आप करेंगे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हमें ऐसी पार्टी लगी कि यहाँ के जो स्पोक्स पर्सन है ना

मतलब जादू करते हैं ये लोग जब बैठते हैं बोलने तो इनकी बातों में दम होता है क्यों होता है शनि की तीसरी दृष्टि जो यहाँ पर पंचम भाव पे पड़ रही है और शनि की तीसरी दृष्टि जो है तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं लेकिन जो दृष्टि संबंध है दृष्टि से अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं इस कारण ऐसा होता है भाग्य भाव में बुद्ध बैठ गए पराक्रम के घर में यहाँ पर शनि बैठ गए राहू बैठ गए मंगल बैठ गए और ट्वेल्थ हाउस में जा करके शुक्र बैठ गए टेंथ हाउस में जा करके सूर्य बैठ गए क्या इशारा करता है

अरे भाई सीधी सी बात है कि इस बार की जो सरकार होगी तेईस मई को जो रिजल्ट आएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये रिजल्ट आएगा ये बिल्कुल श्योर है आप लोग लिख लीजिए एक बात और बताना चाहेंगे कुछ ज्योतिषना हम आपको बताना चाहेंगे देखिए शनि केतु और राहु का सम सप्तक संबंध लगभग नौ माह तक रहेगा इसके बाद जनवरी दो हजार बीस में शनिदेव को मकर राशि में प्रवेश करेंगे अभी धनुराशि में चल रहे हैं केतु के साथ

और इस बीच दर्शकों को एक बात और बताना चाहेंगे कि 29 मार्च को देवगुरु बृहस्पति भी धनुराशि में आ गए हैं मतलब शनि के साथ आ गए हैं जो कि 22 अप्रैल तक रहेंगे और फिर ये पुनः रात्रि में वक्री होकर के वृश्चिक राशि से आए थे उल्टा वृश्चिक राशि में फिर चले जाएंगे दर्शकों 23 मई तक धनुराशि स्थिति जो केतु और शनि की जो संबंध है एक साथ जो बैठे हुए हैं तो ये इशारा कर रहा है

बहुत हद तक की चांस है हमारी भी कह कि भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आएगी मिथुन राशि स्थिति राहु के क्योंकि पर देखिए राहु के हो गए हैं और धनु राशि में केतु भी उच्च के हो जाते हैं तो मिथुन राशि स्थिति उच्च के राहु के सम सम्तक संबंध में दर्शकों सात मई प्रातः काल से मंगल भी राहू के साथ युति बनाएगा राहू के साथ रहेगा

जो कि एक बात और बताना चाहेंगे 22 जून मध्य रात्रि से अपने नीच बिंदु अर्थात कर्क राशि में फिर प्रवेश करेगा तो चुनाव के दौरान इन नतीजों का जो होगा ग्रह गोचर की स्थिति बहुत कुछ मायने करती है कुछ प्रिडिक्शन हम अपने चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं स्वतंत्र भारत का ये जो चुनाव रहेगा ये अब तक का सबसे ज्यादा देखिएगा इसमें रक्त रंजित और भयावह होगा हो मतलब डरावना होगा

तमाम प्रकार से इसमें जो है हिंदू मुस्लिम कार्ड वगैरा भी खेले जाएंगे बीमारी से या किसी जो है मूवमेंट में मृत्यु हो सकती है सुरक्षा बलों की कुछ हानि होती हुई नजर आएगी चुनावी तैनाती या युद्ध की स्थिति में भारत वर्ष के पूर्वी उत्तरी या उत्तर पूर्वी भागो में

की कुछ हानि होती हुई दिख रही है अभी देख लीजिए पुलवामा का जो इंसिडेंट हुआ है ताज़ा उदाहरण ये है। दर्शकों हम अपने इस चैनल पर कम्युनिटी टैब में चले जाइएगा। पूर्व में भी कई भविष्यवाणी की थी और वो जाकर के यथावत सत्य हुई थी सांप्रदायिक टकराव बहुत ज्यादा रहेगा अग्निजनित दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ेगी जिसमें सड़क रेल व वा, वायुवान संबंधी दुर्घटनाएं भी लिप्त है दर्शकों

अब यहां पर आ जाइए 23 मई 2019 के गोचर पर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए 23 मई को जो गोचरीय स्थिति रहेगी ये भी इशारा दर्शकों को कई हद तक की चीख चीख के कह रही है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आएगी क्यों आएगी यहां पर देख लीजिए जुपिटर कहां पर बैठे हुए हैं छठे भाव में बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में

अब जुपिटर को भी बीटो प्राप्त है अपने से पंचम सप्तम नवम देखते हैं जुपिटर की जो पंचम दृष्टि पड़ रही है अपने घर पर पड़ रही कर्म के घर पर पड़ रही है एक इशारा ये हो गया दूसरा इशारा यहाँ पर हो गया जो शनि बैठे हुए हैं देखिए लग्न कुंडली पर ही हमने गोचर को बैठाया शनि जो बैठे हुए हैं सप्तम भाव में बैठे हुए हैं सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और ये धनुराशि में बैठे हुए हैं शनि के बारे में देखिये दर्शकों एक हमारे शास्त्रों में कहावत है कि जीव क्षेत्र यदा शनि शनि क्षेत्र यदा जीवा

स्थान वृद्धि करो शनि स्थान हानि करो जीवा अर्थात दर्शकों कि शनि यहाँ पर जीव के घर में बैठे हैं अर्थात गुरु के घर में बैठे हैं तो यहाँ पर ये वृद्धि कर रहे हैं शनि का क्या रोल है शनि है न्याय के ग्रह ठीक केतु क्या है केतु है धर्म पताका तो एक ऐसा

उना सत्ता में आएगी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकलेगी और कम से कम 280 से 340 सीटों के मध्य 280 से 340 सीटों के मध्य इसमें प्लस माइनस 30 आप लोग कर लीजिएगा तो इतनी सीटें बीजेपी की आएगी इंडिया की छोड़ दीजिए इंडिया की तो जो आएगी आएगी हमने बीजेपी की बात की है दर्शकों

महादशा भी अब आइए हम आपको प्रकाश डाल देते हैं कई चीज़ें हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देखिए और ये आप लोग अपने कंप्यूटर से निकाल करके देख लीजिएगा महादशा की बात करते हैं तो वर्तमान में जो महादशा चल रही है बीजेपी की जब स्थापना हुई थी उसके अनुसार तो चंद्रमा की चल रही है इससे पहले जो चल रही थी सूर्य की चल रही थी दस वर्ष की चंद्रमा की महादशा होती है छः वर्षों की सूर्य की होती सूर्य की जब महादशा स्टार्ट हुई आठ पाँच दो से नोट करिएगा आठ पाँच दो से और नौ पाँच दो तक की ये रही

दर्शकों जैसे ये महादशा स्टार्ट हुई 2012 के आसपास की बात है बीजेपी पार्टी कितनी ज़्यादा उभर करके सामने आई आप लोग देखिए जो ग्रहों के राजा सूर्य हैं लग्न कुंडली में जो 10th हाउस के जो है यहाँ पर मालिक बृहस्पति स्थान परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं तो क्या यहाँ पर किया यहाँ पर सीधा सा संकेत है कि फिर बीजेपी मतलब सत्ता में उस समय आई दो से ये जो है चीज़ें उठनी शुरू हुई और जो दो का दर्शकों चुनाव था

2014 के चुनाव में सूर्य और गुरु ने मिल करके सूर्य और गुरु ने मिल करके महादशा देखिए अंतरदशा देखिए सूर्य और गुरु ने मिल करके बीजेपी को सत्ता में पुनः लेकर के आए पुनः वही स्थिति अब चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग का कॉम्बिनेशन बनने देखिए यहां पर चाह रहा है महादशा चंद्रमा की अंतरदशा मंगल की चंद्रमा और मंगल का जो ये अंतर रहेगा ये फिर इशारा कर रहा है कि बीजेपी पुनः सत्ता में लौटेगी

कुंडली का जो छठा भाव होता है ये कंपटीशन का भी होता है ये आपके शत्रु का भी होता है एक प्रकार से शत्रुहनता योग भी बन रहा है आप एक पत्थर उछालिए वो लोग उसको कैच कर लेंगे और उल्टा आपके ऊपर ही छोड़ देंगे तो किरकिरी आपकी ही होगी अब आते हैं योगनी दशा पर तमाम मनीषी लोगों के हम जो है चैनल देखते हैं सब कुछ बताते हैं लेकिन योगिनी दशा का कुछ लोप होता जा रहा है हमारी जो है वैदिक ज्योतिष में देखिए दर्शकों योगनी दशा

सबसे एक और चीज होती है महादशा तो है ही है योगिनी दशा का भी विचार जन्म कुंडली में जरूर करना चाहिए तो योगिनी दशा क्या कह रही है योगिनी दशा बीजेपी की जो तो चल रही है जब उस समय चुनाव हुआ था तो भद्रिका आया था और भद्रिका में सिद्धा आप लोग स्क्रीन पर देखिए भद्रिका में सिद्धा चल रहा था इस बीच नरेंद्र मोदी जी

पद पर सुशोभित हुए थे बीजेपी सत्ता में लौटी थी अब जो दशा चल रही है उल्का की चल नो डाउट no उल्का की दशा खराब है और जैसे ही ये दशा लगी बीच में क्या हुआ था उल्का में उल्का का अंतर था तो हुआ ये था कि बीजेपी को कुछ दिनों के लिए कुछ राज्यों से इनको बहुत ज्यादा मतलब जो रिजल्ट थे वो बहुत खराब रिजल्ट आए और इनके पक्ष में नहीं थे फिर चाहे वो कर्नाटक रहा हो फिर चाहे वो मध्य प्रदेश रहा

मध्य प्रदेश रहा हो या फिर चाहे वो आपका जो है छत्तीसगढ़ रहा हो राजस्थान रहा हो लेकिन उल्का में जैसे सिद्धा का अंतर आया पाँच दस दो हजार अट्ठारह से डेट आप लोग स्क्रीन पर देखिए दर्शकों प्रूफ करके बता रहे हैं तो पाँच दस दो हज़ार अट्ठारह से पाँच बारह दो हज़ार उन्नीस की जो स्थिति थी ये दर्शकों

पाँच बारह 2019 की जो स्थिति थी ये बीजेपी को पुनः सत्ता में लौटाएगी इस कारण देखिए दर्शकों ज्योतिष है का दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम